है गैस वेलकम बैक टू अनदर वीडियो और बहुत दिनों बाद हम व्लॉग शूट कर रहे हैं और फिलहाल दस्तो हमारी नताशा खड़ी है और अप्रोक्स तो पाँच हजार अप्रोक्स हो चुका है पाँच हज़ार दस तो एक सौ अड़तालीस हो चुका है मतलब पाँच हजार एक सौ अड़तालीस पाँच हज़ार प्लस चल चुकी है और आज हम इसका रिव्यू करेंगे और मतलब कि कुल मिला आज तक हमारी नताशा ने हमको कितना परेशान किया है और कितना मतलब एकदम बेस्ट रिव्यू देंगे और पूरी बाइक देख सकते हो तो, और मतलब छः बज के मिनट हो चुका है और शाम को ब्लॉग शूट करना है थोड़ा सा घर के बाहर आए थे और देख सकते हो तो एकदम सुनसान इलाका है और बाइक का रिव्यू मतलब बहुत दिनों बाद में आ रहा है मतलब कि पाँच हज़ार हो चुका था काफ़ी दिन पहले अप्रॉक्स एक महीने पहले हो चुका था और इधर लॉकडाउन लॉकडाउन लग... तो का सीन हो गया तो वीडियो नहीं बना पाए रिव्यू का वीडियो प्रॉपर वीडियो बनाना था तो देख सक तो बाइक थोड़ा सा आप सोचोगे बाइक का रिव्यू बाइक का रिव्यू यहाँ पे काफ़ी चीज़ें मैटर करती हैं बाइक की केयरिंग पे मेंटेन कैसे रखनी है आपको बाइक और बाइक हर कोई बाइक अच्छी होती है और यहाँ पे बात सिर्फ आती है कि आप किस तरह बाइक को चलाते हो किस तरह बाइक को मेंटेन रखते हो काफ़ी चीज़ें यहाँ पे मैटर करती हैं और बाइक हमारी जितनी सो देख सकते हो कलर भाई साहब बाइक का वैसा ही का वैसा ही है पाँच साल चल चुके हैं और एक साल से ज़्यादा हो चुकी है बाइक और फिलहाल मैं ज़्यादा इसको धूम में नहीं खड़ी करता हूँ मतलब कहीं जाता हूँ तो उसकी केयर काफ़ी केयर करनी पड़ती है तभी बाइक इतने मतलब इतने दिनों से बहुत एकदम नई जैसी है कोई किसी को बताओ ना कि एक साल हो चुका है तो कोई मानता नहीं कि एक साल बाइक हो चुकी है और देख सकते हो तो, पूरा ओवरऑल लुक मतलब बाइक को बाइक के साथ में कवर भी मिला था देख सकते हो तो, तो ये कुछ बाइक का पोशन आ रहा है तो शाम का समय है और बाइक ब्लू कलर क्या मस्त लग रहा है और फिलहाल बाइक की बात करते हैं तो ये देख सको तो, मैंने इसमें कुछ मॉडिफिकेशन बोलो या कुछ भी बोलो मतलब फ़िलहाल तो देख सको तो, यहाँ पे मैंने एक फ्लैसर लगवाया था बाइक में देख सको तो तो, इस तरह का मॉडिफिकेशन में क्या था कि मैंने सिम्पेक्स के बल्ब चेंज कराए थे अप्रॉक्स मुझे साढ़े पाँच छः के पड़ गए थे मतलब फिटिंग सही पचास रुपये फिट करने के लिए थे तो छः सौ के मुझे बल्ब पड़े थे और ये हज़ार मैंने नॉर्मल से डलवाया है जो कटिंग करके लगता है तो साढ़े तीन ढाई सौ रुपये पड़ा था तो अप्रोक्स मुझे आठ या नौ सौ रुपये का खर्चा आया था पूरी बाइक में छः सौ ये और तीन सौ रुपये का शायद इसका फ्लैशर का जो लगा था फ्लैशर तो उसका खर्चा आया था तो यहाँ से पैटर्न भी चेंज हो जाते हैं देख सकते हो तो। यहाँ से देखना जब इसमें स्विच बस बंद करके चालू करनी देखो पैटर्न चेंज हो गया तो ये कुछ थोड़ा सा रोड के साइड में खड़ा हूँ तो इग्नोर करना वॉइस को और यहाँ पर पैटर्न चेंज हो जाते और गाड़ी ओवरऑल काफ़ी अच्छी चलती है कोई प्रॉब्लम नहीं है देख सकते हो ये, ये हज़ार जल हज़ार फ्लैशर सब समझ सकते हो इस तरह से कुछ सामने फ्रंट से देख सकते हो इस तरह से कुछ लुक आएगा मान लो जैसे कि मैं 120 या 200 किलोमीटर रन करता हूं तो बाइक 80 की स्पीड में तो बेस्ट बाइक मतलब चलती है मतलब अस्सी की स्पीड में एक नंबर बाइक चलती है सौ प्लस 120 प्लस जैसे ही बाइक मैं ले जाता हूं तो बाइक थोड़ा सा ऐसे लगती है ना कि बाइक भगानी पड़ रही है मतलब ऐसा फील होगा मतलब आपको फील होगा ऐसा कि बाइक मतलब जोर लगाना पड़ रहा है बाइक को भगाने के लिए जैसे कि आर वन में फ़िलहाल तो आर में तो ये प्रॉब्लम ही आती है और दे सो तो आर की कैटेगरी मतलब तीस कम के रेट में आती है आर से आर वन फाइव ज़्यादा है इसका प्राइस और एवरेज आर से भी ज़्यादा है इसमें चालीस पैंतालीस का आएगा और बाइक का मैंने स्टार्टिंग में एक रिव्यू में बताया था कि यहाँ पे थोड़ी सी खन खन की आवाज़ आती है तो मैंने शोरूम में पूछा क्या प्रॉब्लम है तो बताते हैं कि ए का इसमें एक वो होता है ऑयल या कुछ इसमें पड़ा होता है जो आप ब्रेकर वगैरह में ए खन खन की आवाज़ हल्की सी आती है तो ये चीज़ को साइड में रखते हैं और बाइक का कलर मतलब कि हमने भी केयरिंग की है तो देख सकते तो टैंक में मैंने इसमें लेमिनेशन करा दिया था ट्रांसपेरेंट फाइल से तो देख सकते तो पूरा समझ में नहीं आएगा हल्की सी यहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा तो बाई मतलब वीडियो को टन एट्टी में देखा करो तो वीडियो समझ में आएगी पूरी और बाइक अप्रोक्सीमेटली पाँच हज़ार मैंने चला। तो इतने दिन मैंने चलाई आज तक किसी चीज़ का मतलब देख सकते तो पावर ड्रॉप आप जैसे बाइक चलाओगे तो आपको पावर ड्रॉप फील आएगा तो वो चीज़ मैंने यहाँ पर नहीं फील की अप्रोक्स डेढ़ सौ बाइक आर uh, में आप चलाओगे बाइक सुपर है बट इसके हैंडल जो इसका पोश्चर है पोश्चर तो सबसे बेस्ट है पोश्चर पाँच हजार मैं चला चुका हूं और अभी भी मुझको इसको चलाने की थोड़ी सी ऐसा लगता है कि चलो बाइक चलाएं चला के मतलब थोड़ा सा आपको फ़ील आता है मतलब कि कभी ऊबोगे नहीं जैसे शुद्ध भाषा में बात करें कि लोग ऊब जाते हैं बाइक चलाते चलाते तो वो फील कभी नहीं आएगा और इतने दिन हो गए बाइक रखते हुए मुझे अप्रॉक्सीमेटली एक साल हो गया और इतने दिन से मैं बाइक चला रहा हूँ तो इसमें मैंने एक चीज़ और नोटिस की रही है कि बाइक में आप जब किसी भी हल्का सा पानी है, कहीं पे कुछ पानी भरा हुआ है रोड पे ले जाओगे तो इसमें इतना अच्छा दिया पीछे हैगर वग़ैरह लगाया हुआ है बाकायदा और ये इतना चौड़ा है कि इसकी वजह से पानी ऊपर नहीं आता है ये चीज़ सबसे बेस्ट है हैगर लगा हुआ है और ये इतना पीछे का गार्ड इतना चौड़ा है ना कि जो पानी की छीटें या बूंदें समझ लो जब आप किसी पानी में या रास्ते में पानी भरा होता है वहां से निकालो तो इसकी टायर की छींटे ऊपर नहीं आती हैं। सबसे बेस्ट थिंग मुझे ये लगी कि पीछे का जो पिलियन बैठता है ना मतलब उसको प्रॉब्लम ही होती है और यहाँ पे स्टैंड सबसे अच्छा है मतलब लेडीज़ के लिए मतलब मम्मी लोग मतलब कोई भी बैठता है तो सबके लिए बेस्ट है ये रखने के लिए पैर और ये साड़ी घाट भी लगा हुआ है मतलब मैंने इसमें कुछ चेंजमेंट नहीं किया है जैसी गाड़ी मैंने ली थी शोरूम से वैसी ही है और केयर काफ़ी अच्छी करता हूँ और मैं सोच रहा हूँ कि एक वीडियो बना दूँ कि हाउ टू क्लीन योर आवर मतलब बाइक चैन मतलब चैन को कैसे मैं सही रखता हूँ मतलब चैन ल्यूब ना यूज़ करता हूँ ना चैन क्लीन यूज़ करता हूँ बस चैन को सही कैसे रखना है बिल्कुल जीरो मतलब जीरो इन्वेस्टमेंट कर ये समझते हो बिल्कुल खर्चा नहीं है और ये मान लो आ, मैं डेढ़ साल चला रहा हूँ चैन एकदम फिट चलती है जबकि तो समझ लो मैंने काफ़ी घंटों में बाइक चलाई है और आज भी ये बाइक मुझे एकदम ऐसा फील देती है कि बिल्कुल नहीं है और सो तो कलर धूप में जबकि मैंने काफ़ी इसको खड़ी कर देता हूं बट हिसाब पर मतलब जहां पर कहीं प्रॉब्लम होती है तो वहां पे इसको खड़ी करता हूं धूप में बट हमेशा नहीं तो कलर एकदम परफेक्ट है आज भी कलर एकदम वैसा ही जैसे नए पे मतलब कलर होता है और एक चीज़ और ध्यान रखना अगर आप ब्लू कलर ले रहे हो ना तो आपको मेंटेन करने की काफ़ी ज़रूरत है डेली कपड़ा मारना पड़ेगा पॉलिश करनी पड़ेगी ये चीज़ आप ज़रूर ध्यान कर लो और कुछ लोग सोचते हैं ना कि इसमें मोड्स करा लूँ तो सुजकी जिक्सर ऐसा ऐसा मॉडल है कि इसमें आपको मोड्स कराने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है हालांकि हाँ कुछ लोग क्या करते हैं हैगर हटा देते हैं और ये टेल्ट आई डी यहाँ चेंज कर देते हैं तो ये इम्प्रूवमेंट चलता है और काफ़ी लोगों को मैंने देखा है कि कमेंट में पूछते रहते हैं कि भाई यार ये वाइज़र आपने कौन सा लगवाया है वाइज़र कौन सा लगाया काफ़ी लोग पूछते हैं तो ये मैंने यूनिवर्सल वाइज़र लगवाया था और मुझे दो सौ उनचास के साथ पड़ा था हाँ दो सौ उनचास का पड़ा था और इसकी फिटिंग 50 रुपए थी 80 रुपए थी फिटिंग तो 320 सौ बीस पड़ गया था मैंने ऑफलाइन फ़िटिंग कराई थी और ऑनलाइन इसको ख़रीदा था तो देख सकते हो ओवरऑल शाम को बाइक इस तरह से चमक रही है और इसका मुझे नियन का जो इसके रिम पे जो ये स्टिकरिंग है जो पूरी स्टिकरिंग है ये सबसे बेस्ट लगी और अगर ये मेरी बाइक कभी पुरानी होती है तो मैं इसमें न्योन का कुछ वर्क और कराऊँगा और हालाँकि देख सकते हो तो, तुम्हारे बाइक का इंस्टा आई डी लिखी हुई है तो फॉलो ज़रूर कर लेना है यूट्यूबर कनपुरिया निखिल यहाँ पर जा कर फॉलो मार दो मतलब अपडेट्स मिलती रहती हैं कुछ वहाँ पर रील्स डालता रहता हूँ मस्त मस्त और देख सको तो, बाकी एक चीज़ मैंने यहाँ पर मतलब नोटिस की है कि ये जो इंजन का पार्ट अंदर यहाँ पे काफ़ी गंदगी जमा हो जाती है और लोग मैं काफ़ी साफ रखता हूँ तो यहाँ पे इतनी गंदगी नहीं है मैंने और लोगों की बाइकें देखी हैं मतलब जिक्सर जिनके पास है उनका इंजन वाला पार्ट बहुत गंदा रहता है अधिकतर मैंने देखा गंदा रहता है काफ़ी गंदा रहता है तो ये चीज़ ध्यान रखना बाइक को आप जितना केयर करोगे बाइक आपकी उतनी ज़्यादा मतलब अच्छी रहेगी स्वस्थ रहेगी मतलब चीज़ ली है तो उसकी केयर करना तो बनता है और बस यहीं पर ये वीडियो थी तो वाइज़र के लिए देख सो तो काफ़ी लोगों ने कमेंट करके पूछा तो मैंने वाइज़र बता दिया कि यूनिवर्सल वाइज़र है नॉर्मल सा आप लगवा सकते हो यहां से लगवाना है टॉप से देख देखते तो ये फिटिंग है पूरी यहां से और ये मैंने एक मोबाइल होल्डर लगवाया था जो कि मुझे 230 सौ तीस रुपये का पड़ा था ऑफलाइन मैंने लिया था पाउना कंपनी का है और ये देख दो तो थ्रोडल असिस्ट इसको बोलते हैं ये मैंने सिक्सटी रुपीज़ का ऑफलाइन लगवाया था तो ये सारी चीज़ें हैं जो बाइक को ज़्यादा अच्छा करती हैं और दोस्तों ये की मैंने ली थी की चैन तो ये सौ रुपये का मुझे पड़ा था ये सारी चीज़ें मैं का मतलब कानपुर में बकरमंडी है मतलब वहाँ से मैं सारी चीज़ें परचेज़ करता हूँ स्पॉन्सरशिप नहीं है मतलब ऐसा बेस्ट चीज़ वहाँ पे मिल जाती है मतलब हमारे डिमांड के हिसाब से के जितने भी भाई लोग हैं जो बाइकर हैं वो लोग पूछते हैं कि कानपुर में बाइक का सामान कहाँ पर अच्छा अच्छा मिलता है सही रेट पर तो बकरम मंडी में जो थाना है बजरे थाना उसके जस्ट कॉर्नर पर शॉप है वहाँ पे हर चीज़ मिल जाएगी और थोड़ा आप बार्गनिंग करोगे तो सब बार्गनिंग हो जाती है और देखिए तो भाई साहब करोना चल रहा है और साइड में हाईवे है हाईवे क्या है रोड अच्छा खासा तो यहाँ पे बाइक और बाइक एक नंबर चल रही है पाँच से ज़्यादा मैं चला चुका हूँ और इतना रियर चलाता हूँ मतलब कि ज़्यादा नहीं लॉन्ग रोड पर जब से मैंने बाइक ली तो सलाह करोना करोना कोरोना की आज तक मतलब लंबी राइड नहीं मार पाया कोरोना के चक्कर में जब से मैंने बाइक ली थी ये समझो 2020 में 19 जनवरी को मैंने बाइक ली और तेईस मार्च को कोरोना की न्यूज़ फैली और आज 2021 चल रहा है आज 28 अप्रैल है कोरोना की वजह से पूरी लाइफ झंडो रखती है और देख सकते तो बाइक आपकी समझो एक तरह से गर्लफ्रेंड की इतनी केयर करनी पड़ेगी जितनी बाइक की आपको करनी पड़ेगी गाड़ी साफ करना है मतलब काफ़ी चीज़ें बाइक अगर आप अच्छी रखना चाहते हो दो मेरे पास एक और है विक्रांत वी उसका भी एक दिन रिव्यू या ब्लॉग बना देंगे अगर आप लोग कमेंट करके पूछोगे और बस काफ़ी दिनों बाद ब्लॉग आया है ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक कर देना और रिव्यू देख सके नंबर बाइक लग रही है हम और भी कुछ डिटेलिंग पूछनी है कि क्या कैसे फिटिंग है तो पूछ सकते हो और बस वीडियो अच्छे लगे जाना और अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर लेना तो मिलते हैं अगली वीडियो में ओके बाय और हाँ इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो कर लेना और लाइक कर देना इस वीडियो को सब्सक्राइब कर लेना ओके बाय